17 तारीख से संगठन की मीटिंगें शुरू करी थी शुरुआत पंचकुला से हुई थी आज अपने अपने 22 के 22 जिलों में अपने पार्टी के सभी सीनियर लोगों के और जिला की कार्यकारिणी की जिम्मेवारी जो है आगे और कैसे इसका विस्तार हो और संगठन के लोगों को जिम्मेवार दी जाए संगठन को गांव के पंच के तक खड़ा किया जाए इसके लिए अलग अलग जिम्मेवार लगाई और 15 दिन का समय दिया हमने फिर से इसको पंच वार के वार्ड के सत्र तक आप संगठन को खड़ा करो मैं फिर उनसे उम्मीद करता हूँ कि जब अब दोबारा हमने उनको संगठन के विस्तार की जिम्मेवारी लगाई है उसको भी वो बहुत, बहुत जल्द पूरा करेंगे पंद्रह दिन के अंदर अंदर इस जिम्मेवार को भी खड़ा कर हमारी पार्टी के संगठन को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी ने भी करी कांग्रेस ने भी करी जे ने भी करी आज आपके सामने है जो लोग ये कटाक्ष करते थे क्या वैसे सिंह अकेला रह गया आई खत्म हो गई। आज आई तो हजारों लोगों को कार्यकर्ता के रूप में भुला करके हजारों की संख्या में अन्य पार्टियों से अन्य दलों से लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर हम तो आज लगातार अपने राजनीतिक कार्यक्रम प्रदेश में कर लेकिन जो हमें अकेला कह रहे थे जो ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी का कोई नाम लेवानी बचा, आज उनका कोई नाम लेवानी बचा आज वो लोग अपने संगठन की मीटिंग भी नहीं कर सकते वो लोग किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं जा सकते वो लोग आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम कर नहीं सकते हिस्सा नहीं ले सकते आज वो लोग जो है किसी की डेथ पे भी किसी के दुख में भी शामिल नहीं हो सकते वहां भी उनका विरोध है जिस कांग्रेस ने भी हमारे संगठन को तोड़ने की कोशिश करी थी आज वो बिखरी पड़ी है पूरी तरह से बिखराव आपके सामने है शैलजा को आज दो साल से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस की प्रधान बने आज तक जिले का संगठन खड़ा नहीं कर सके ब्लॉक का तो बहुत दूर की बात है हमने तो अपने संगठन का विस्तार जो है जोन के सतर पर कर दिया लेकिन ये लोग आज आपस में लड़ रहे हैं आज इनकी दाल जो जूतियों में बट रही है इसलिए लोगों का विश्वास अब अगर किसी पार्टी पे है भरोसा अगर किसी पे है इसलिए आज हजारों लोग जो है हमारे साथ इन पिछले 11 दिन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया जो अलग अलग पार्टियों से आए जिन्होंने अलग अलग पार्टियों को छोड़कर के हमारी पार्टी को ज्वाइन किया चौधरी देवीलाल की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है बाकी एक भी राजनीतिक दल ऐसा बता दो जिसने इन दिनों में किसी एक भी व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल किया आज आपके सामने की कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग और कांग्रेस के लोग इलाहाबाद के उपचुनाव से भाग रहे हैं कांग्रेस अगर अपने आप को मजबूत करती है तो फिर कांग्रेस ने डिमांड क्यों नहीं करी सैलजा ने हुडा ने कि इलाहाबाद में छह महीने का समय पूरा हो गया आपको सरकार को इलाहाबाद का उपचुनाव कराना चाहिए क्योंकि ये लोग आपस में मिले हुए हैं बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों एक दूसरे के हाथों में खेल रही है इसलिए इस तरह की डिमांड नहीं करते उनको पता है कि अगर चुनाव हुआ इलाहाबाद का तो फिर तुम्हारा सफाया हो जाएगा हम डिमांड करते हैं कि सरपंची के चुनाव अगर हो सकते हैं अगर नगरपालिका नगर परिषद नगर क्यों हो सकते हैं तो फिर इलाहाबाद का उपचुनाव क्यों नहीं हो सकता क्या दिक्कत है उसमें सरकार बताए और जल्दी सरकार जो है इसका नोटिफिकेशन करवाए इलेक्शन कमीशन से और इस चुनाव को कराएं ताकि अलाहाबाद की जनता जो है अलाहाबाद के लोग जो हैं उनके रुके हुए काम जो है उनका नुमाइंदा फिर से उसको आगे बढ़ा सके पंचायत चुनाव सिंबल लिया। पंचायत का चुनाव हमें जिला परिषद का चुनाव जो है वो सिंबल पे लड़ेंगे नगर नगर परिषद नगर निकाय इसका चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे अगर कोई अड़चन नहीं होगी कानूनन तो फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे क्योंकि यह सीट चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की थी 1970 से लेकर के अब तक चुटाला साहब बीच में जो रिजर्व थी वो एक समय अलग था बाकी समय में चुटाला साहब इस सीट पे चुनाव लड़ते रहे और हमेशा चौटाला साहब ने इसका नेतृत्व किया मैंने तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी गैर हाजरी में उस जुम्मेवारी को निभाया है अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी अगर कोई कोर्ट की तरफ से बाध्य नहीं होगा तो हर हालत में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला यहाँ से उम्मीदवार होंगे और इतने बड़े मतों से जीतेंगे कि हरियाणा का एक नया इतिहास लिखा जाएगा कि कोई अपोजिशन पार्टी का आदमी जिसने सत्ता पक्ष और कांग्रेस दोनों को नाकुंचने चबाए मैं चौधरी संपत सिंह को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा फोन भी उनसे करूँगा कि आप हमेशा किसान के हिमायती रहे आपने चौधरी देवीलाल के साथ बहुत लंबे समय तक राजनीति के लिए आपने चौधरी ओम प्रकाश चुटाला के साथ भी बहुत लंबे समय तक संघर्ष भी किया और आपने सत्ता में साझेदारी भी रखी आपने उनके साथ संगठन में भी काम किया अगर सही महीने में आप किसानों के इतने हो तो आपको बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहिए इस्तीफा दे देना चाहिए मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा बदलाव होगा आज आपने हमारी मीटिंगें देखी है क्या आपने ये सोचा था कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग में इतना बड़ा हजुम होगा आपने पहले भी हमारी कार्यकर्ताओं की बैठकें देखी है लेकिन अब एक अलग उत्साह है कार्यकर्ताओं की बैठक ये बदलाव की निशानी है चौटाला साहब जब आएंगे लोगों के बीच में उस दिन ये आंधी और तूफान का रूप धारण कर लेगा इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की पहली लहर है आपने इसमें देखा होगा कि किस तरह का हौसला है लोगों में। दूसरी लहर जब आएगी जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लोगों के बीच में आएंगे तब आप देखना आज अगर दो की हाजरी थी आज अगर तीन की हाजरी थी तो वो बीस हजार में तब्दील हो जाएगी हमारी जो तीसरी लहर आएगी वो लैड नहीं होगी वो सुनामी होगी जिसमें कांग्रेस बीजेपी जे सब बह जाएंगे टैश नैश हो जाएंगे यहां तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही बच्चा सब बचेगा चोटाला साहब हॉस्पिटलाइज हैं जैसे हॉस्पिटल से आएंगे तो चोटाला साहब की सोच हमेशा रही है कि इस देश में थर्ड फ्रंट ही बढ़े हम बीजेपी के समर्थक हैं ना चाहते कि कांग्रेस इस देश में आकर के सत्ता पे काबिज हम चाहते हैं ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता हो जो रीजनल पार्टियों से जुड़े हों जो राज्यों को अच्छी तरह से समझते हों जो राज्यों का उत्थान कर सके जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुँचा सके रीजनल पार्टी ही ऐसी पार्टी होती है जो अपनी स्टेट में लोगों की हर चीज़ को मद्देनजर रख करके उनके लिए काम करती